तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं कन्या राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति जी हां जो कि दर्शन के धर्म के आध्यात्म के और ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं ये गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में सुखेश और सप्तमेश ये दो हाउस के लॉर्ड बनते हैं फोर्थ हाउस के और सप्तम स्थान के लॉर्ड बनते हैं जो चौथा भाव होता है इसको सुख का कहते हैं इसको माता का भाव कहा जाता है इसको वाहन का भाव कहा जाता है इसको भूमि का भवन का आ, इसके अलावा फेफड़े से संबंधित या जो आप लोग देखते होंगे कि गड़ा हुआ धन जो प्राप्त होता है फोर्थ हाउस से विचार किया जाता है और आपकी कुंडली में पंच महापुरुषों में बहुत ही सुंदर योग बनता है हंस महापुरुष नामक योग ये योग आपकी कुंडली में एक वर्ष और लगभग ये मान के चलिए कि पंद्रह दिनों तक की रहेगा तो हंस महापुरुष का ये योग आपके लिए कैसा रहेगा देखिए चौथे भाव में गुरु का आप लोग स्क्रीन पर कुंडली देख लीजिए गुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं तो बिल्कुल केंद्र में आकर के बैठ गए हंस महापुरुष नामक योग बना दिए तो ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा दर्शकों गुरु के इस परिवर्तन होने के कारण आपके सुखों में वृद्धि होगी चूंकि ये सुख का घर है इसके अलावा यदि आप काफी समय से बेरोजगार थे तो इस समय में आपको नौकरी भी नई प्राप्त होगी मिलेगी ही मिलेगी ये बिल्कुल अकाट सत्य है फिजूल के खर्चों पर रोक लगेगी अब कहेंगे कि नौकरी कैसे मिलेगी तो देवगुरु यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि कर्म के घर को देखते हैं देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं वृद्धि के कारक माने जाते हैं तो नई नौकरी मिलेगी या आप पुरानी नौकरी कर रहे थे और आपको उचित इज्जत नहीं मिल रही थी तो आपको प्रमोशंस मिल सकता है स्थान परिवर्तन का भी योग है कोई नई नौकरी मिल सकती है यदि आप विदेश यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो इस दौरान आप लोग विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं चतुर्थ भाव में बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि दर्शकों देखिए यहाँ पर जो है द्वादश स्थान पर दे रहा है तो द्वादश स्थान जो होता है ये संन्यास का भी होता है ये विदेश यात्राओं का होता है ये लोन का होता है कर्ज का होता है किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया है अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रहा था तो इस दौरान आपको अप्रूवल प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं माता से संबंधित यदि आपके जो है मातृपक्ष से संबंध अच्छे नहीं थे तो संबंध अच्छे रहेंगे यदि माता आपकी किसी विशेष बीमारी से पीड़ित थी तो इस बीच उनको राहत प्राप्त होती हुई जो है दिखाई पड़ रही है इसके अलावा गुरु के इस गोचर से जीवन में जिन भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था वो दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन में कोई नए वाहन का जो है योग दिखा रहा है यदि आपके पास ऑलरेडी वाहन है तो आप उसको चेंज करके कोई नए वाहन पर आप लोग एक्सीडेंट कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ जो भी मतभेद थे वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसके अलावा दर्शकों आपका वजन अचानक से बढ़ेगा कुछ थोड़े बहुत मतभेद कुछ इशूज़ आपको हो सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम स्थान को दे रहे हैं तो अष्टम स्थान जो होता है ये मृत्यु का स्थान होता है इसके अलावा दुख का होता है आर्थिक संकट का होता है तो कुछ आर्थिक संकट फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास आ सकते हैं और क्योंकि द्वादश द्वादश स्थान पर भी दृष्टि जा रही है ट्वेल्थ हाउस जो होता है ये होता है खर्चों का अकारण खर्चों का क्योंकि जब आप घर लेंगे फ्लाइट लेंगे मकान लेंगे वाहन लेंगे तो ये इन सब चीज़ों को लेंगे तो आपका पैसा भी खर्च होगा तो खर्चों पर बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति से बजट जो है डामाडोल हो जाएगा अध्यात्म के प्रति हालांकि यहाँ पर झुकाव होगा मानसिक परेशानियों को कुछ दूर करिएगा और मानसिक परेशानियों में दूर करने का पिता का और माता का सहयोग जरूर लीजिएगा इसके अलावा कोई पैतृक संपत्ति भी यहाँ पर आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आपको कोई जो है हो सकता है कि जो किसान लोग हों उनको बाग बगीचों भी प्राप्ति हो जाए तो तमाम चीजें गोचर लेकर के आया है और दर्शकों आपके अपने काम के जरिए लोगों को आप लोग चौका सकते हैं छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा यदि आप कन्या राशि के छात्र हैं तो नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है आप लोग बढ़ करके आगे ले लीजिए तो दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि अशुभ फलों में कमी हो और शुभ फलों में वृद्धि हो इसके लिए आपको प्रयोग क्या करना रहेगा देखिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा विष्णु सहस नाम का पाठ आप लोग बुधवार को जरूर करिए और बृहस्पतिवार को भी जरूर करिए दूसरा गणपति अथर्व सीड्स का पाठ आपको डेली करना रहेगा तीसरा एक प्रयोग बताने चाह रहे हैं जब भी नहाने आप जाइए तो जल में आपको एक चुटकी चंदन का पाउडर और एक चुटकी हल्दी डाल के आपको नित्य स्नान करना रहेगा बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को आप लोग छह केला ले लीजिए उसको आप छील दीजिए और उस पर हल्दी डाल के वापस पैक करिए छः केले तीन केले एक दर्जन केले जो भी आपकी यथाशक्ति हो यथा सामर्थ्य हो आप लोग गाय को खिला सकते हैं इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे कि गाय की जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे गुरु की जितनी ज़्यादा आपके यदि कोई गुरु हैं उनको यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बढ़ के उनकी आप मदद करिए उनकी आप हेल्प करिए ये सब प्रयोग करके आप लोग अपने जीवन में शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको डीपली जानना है तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों वार्षिक राशिफल कन्या राशि के जातकों को हमारे चैनल पर पढ़ा है और हर माह हम मानसिक राशिफल भी डालते हैं आप लोग देख सकते हैं कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार